दोस्तों आपके अपने चैनल एग्जाम टाइम्स में आपसे सबका स्वागत है दोस्तों आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट यहां पर आई है ये आपका दो डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए वैकेंसी रिलीज कर दी गई है तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट देखने के लिए मिलती रहती है वो भी सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और आप टेलीग्राम चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वेकेंसी अपडेट मिलेगी यहाँ पर आपको दो वैकेंसी है ये आपका इंडियन आर्मी में है फर्स्ट वाला सेकेंड आपका एडिडा में है तो चलिए हम इसमें फर्ट पहला देख लेते हैं इंडियन आर्मी में क्या बोला गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भारतीय थल सेना का है इसमें आपका जो ऑफिसर इंट्रीज है इसमें क्या बोला गया है तो हम चलिए जो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया गया है तो हम इंग्लिश वाले देख लेते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर द फ्लोइंग कोर्सेज यहाँ पर पहला आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि टेक मैन फिफ्टी नाइन्थ कोर्स एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक वुमेन्स के लिए था टीथ कोर्स शेड्यूल इन अक्टूबर दो ऑनलाइन अप्लीकेशन बिल भी ओपन एट मार्च से आपका छः अप्रैल दो तक चलने वाला है तो आप इस बीच में इसे अगर अप्लाई करना चाहते हैं इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड आपका बोला गया है शॉर्ट सर्विस कमीशन एन टी यानी कि एनसीसी स्पेशल इंट्री तो इसमें स्पेशल इंट्री चल रहा है स्कीम फिफ्टी टू सेकेंड कोर्स फॉर मेन एंड वुमेन्स इंक्लूडिंग वार्ड ऑफ बैटल ऑफ आर्मी पर्सनल शेड्यूल इन अक्टूबर दो ऑनलाइन अप्लीकेशन इसका ओपन होगा पंद्रह मार्च से तेरह अप्रैल तक चलने वाला है तो अभी इसका डेट नहीं अभी ऑनलाइन नहीं कर सकते लेकिन आपको ये एडवरटाइजमेंट आउट कर दिया गया है आप इस डेट से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं यानी कि 15 मार्च से अप्रैल 2022 तक आप इसमें अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अब हम सेकेंड वैकेंसी को देख लेते हैं कि वो कौन सा है और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को भी ऑन कर लीजिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आपका एरिया यानी कि इंडियन रीन्यूबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है तो इसी आपके लिए बहुत बड़े पोस्ट पर हैं तो यहाँ पर पहले हम इसको देख लेते हैं कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट में इसका एजेंसी लिमिटेड में ये वैकेंसी है जो कि लीडिंग पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूट NBPc बी पी सी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूबल इनर्जी के अंतर्गत आता है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूबल एंड न्यू इनर्जी के ये अंतर्गत आता है तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर आपको इन्वाइट किया गया है अप्लीकेशन के लिए ये कौन कौन सा पोस्ट है तो हम इसमें देख सकते हैं कि नौ पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया और इसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो आपका वैकेंसी है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर दोनों बेसिस पर इसमें रहने वाला है तो हम इसमें सिलसिलेवार ढंग से देख लेते हैं यहाँ पर पहला जो वैकेंसी है वो आपका चीफ रिस्क ऑफिसर के पद पर रहने वाला है जिसमें आपको लेवल एट और सेवन का आपको रहने वाला है सैलरी और इसमें ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपका ये वैकेंसी है और इसमें आपका पे स्केल रहने वाला है बारह एक लाख बीस हज़ार से अट्ठा दो लाख अस्सी हज़ार या फिर आपका एक लाख से दो लाख अस्सी हज़ार रहेगा इसमें आपका टोटल वैकेंसी एक है और इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा गया है विथ पोस्ट ग्रेजुएट रहना चाहिए आपका मिनिमम आपका एक्सपीरियंस जो मांगा गया है क्वालिफिकेशन वो ट्वेंटी फाइव ईयर्स का रहाना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए और मैक्सिमम एज आपका पैंतीस साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये आपका ईयर जो काउंट किया जाएगा वो इक्कीस बारह दो हज़ार इक्कीस तक इकतीस बारह दो हज़ार इक्कीस तक काउंट किया जाएगा यहाँ पर सेकेंड जो है वो आपका चीफ मोनिटरिंग और रिकवरी ऑफिसर का रहने वाला है इसका भी सैलरी सेम रहेगा और इसमें एक वैकेंसी है आपका एक्सपीरियंस ट्वेंटी सेवन ईयर्स मांगा गया है ट्वेंटी सिक्स ईयर्स पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस है और फिफ्टी थ्री ईयर्स रहना चाहिए इसमें लगभग सेम है आप नीचे देख सकते हैं ये चीफ है, इंटरनल ऑडिट के पद पर है इसका भी सैलरी सेम रहेगा एक वैकेंसी है और यहाँ पर फोर्थ में देखते हैं यहाँ पर चिप यानी कि लॉ का वैकेंसी है इसमें भी आपका सैलरी सेम ही है एक वैकेंसी है यहाँ पर डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर देखते हैं या फिर चीफ मैनेजर ये जिसको डिस्क मैनेजमेंट के लिए रहने वाला है और ये रेगुलर बेसिस पर है तो ये आप देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये रेगुलर बेसिस पर रहेगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसका सैलरी आपका नब्बे से दो रहेगा या फिर आपका अस्सी से दो रहेगा इसमें एक वैकेंसी है इसमें आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक पंद्रह साल मांगा गया है और आपका पचास साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए एज और यहाँ पर सिक्स्थ नंबर आपके डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए वैकेंसी है और चीफ मैनेजर मोनीटरिंग रिकवरी के लिए है इसमें भी आपका एक वैकेंसी है और बाकी डिटेल इसमें सेम रहेगा सेवन नंबर आपका जो पोस्ट है वो आपका है डिप्टी जनरल मैनेजर चीफ मैनेजर इंटरनल ऑडिट के लिए है इसमें भी आपका लगभग सभी सेम है इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो सी ए विद एम क्वालिफिकेशन रहना चाहिए आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन सबका दिया गया है सीरियल वाइज आप सबको इसमें देख सकते हैं आप जिसके लिए भी एलिजिबल होंगे उसमें अप्लाई कर सकते हैं एट नंबर में आपका डिप्टी जनरल मैनेजर चीफ मैनेजर लॉ के लिए तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन लॉ ग्रेजुएट विथ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन रहना चाहिए इसमें नाइन नंबर आपका जो प्रोटोकॉल ऑफिसर टेक्निकल असिस्टेंट ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी के लिए रहेगा इसमें आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विथ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इसमें आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जो कि अंडर अनर वालों के लिए पाँच है ओबीसी वालों के लिए दो और एस वालों के लिए एक है इसमें आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दस ईयर का रहेगा और मैक्सिमम एज आपका पचास साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए और यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की अगर बात फोर एक से तीन साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जिसमें आपका जो बढ़ाया जा सकता है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है या फिर वहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर आपका आगे एक्सटेंड किया जाएगा आपको इसका और भी डिटेल अगर देखना है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट एरेडा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए http टी पी डब्ल्यू डॉट एरेडा यहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को आपको ऐसे एडवर्टाइजमेंट टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया गया है आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन पाँच मार्च दो से छब्बीस मार्च दो तक आप कर सकते हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज इससे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आपको लेकिन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से रीड करना है आपके अपने क्वालिफिकेशन से मैच करना है अगर आप